यस डियर स्टूडेंट्स आज हम पुनः जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको पूरा करेंगे दो नंबर के लिए और पांच नंबर के लिए नेक्स्ट है खुर्दों का विद्रोह 1925 में तुर्की के पूर्वी प्रांत में खुर्द जाति के लोग रहते थे और जनजातीय कबीले से संबंधित थे 1925 सौ ईस्वी में शेख सईद के नेतृत्व में पंद्रह हज़ार खुर्दों ने विद्रोह किया और उनका जो मुख्य मुद्दा था खुरदिश जनजातियों को पहचान दिलाना था और साथ में जो खुरदिश जनजातियों की भाषा थी उसे संरक्षित करना था लेकिन 1925 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया था नेक्स्ट है बाइमर संविधान जो बाइमर संविधान है वो 1919 में जर्मनी में लागू किया गया था 5 फरवरी 1919 को बाइमर नामक स्थान पर जर्मनी की जो संविधान निर्माण करने वाली सभा थी उसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी और 10 अगस्त 1919 को संविधान लागू किया गया था जिसे कि बाइमर संविधान कहा गया इस संविधान में विशेष करके संघीय शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया बैसक मताधिकार जो स्थापित किए गए और द्वि जो व्यवस्थापिका है उसका प्रावधान भी इस संविधान में किया गया था नेक्स्ट है दावोस योजना जो कि 1924 में प्रारंभ हुई थी युद्ध के पश्चात जर्मनी पर आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु एक निश्चित राशि निश्चित की गई थी और अमेरिका और विश्व के विभिन्न देशों में 1919 के पश्चात आर्थिक महामंदी का दौर प्रारंभ हो चुका था इसलिए जर्मनी भी आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर हो चुका था अमेरिकी विशेषज्ञ चार्ल्स जी डावोस के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया जिसे ये काम दिया गया कि भविष्य में आर्थिक महामंदी से जर्मनी और विश्व के अन्य देशों को कैसे उभारा जा सके उन्नीस में एक योजना प्रस्तुत की गई जिसे डावोस योजना के नाम से जाना गया और उसमें यह अनुशंसा की गई कि जर्मनी पहले एक अरब गोल्ड मार्क देगा और उसके पश्चात चार वर्षों के अंदर 25 करोड़ वार्षिक गोल्ड मार्क की वृद्धि की जाएगी और जर्मनी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 80 करोड़ गोल्ड मार्क जोवर ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा साथ में यह भी अनुशंसा की गई कि जर्मनी के जो रूर का क्षेत्र है वहाँ से फ्रांस अपनी सेनाएं 1930 तक हटा लें नेक्स्ट है यंग योजना 1925 में इसे भी लागू किया गया था और यंग योजना ओवेन डी यंग ने प्रस्तुत की थी ये भी एक अमेरिकी आर्थिक विशेषज्ञ था और इसका उद्देश्य भी जर्मनी और विश्व के विभिन्न देशों में महामंदी के छाए बादल को दूर करना था यंग योजना के तहत जर्मनी को सैंतीस वर्षों के भीतर 10 करोड़ पौंड देने सुनिश्चित किए गए मित्र राष्ट्रों और अमेरिका का जो ऋण है वो 22 किश्तों में चूता करने का प्रावधान किया गया था साथ में यह अनुशंसा की गई कि बेसल में एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की जाए और राइनलैंड से जून 1930 तक मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को हटाया जाए ताकि जर्मनी आर्थिक रूप से रिवाइवल कर सके जर्मनी पुनः आर्थिक रूप से मजबूत हो सके नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो है खुले द्वार की नीति अमेरिका ने इस नीति का अनुसरण किया था और इसके प्रतिपादक जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर अमेरिका जॉन हे थे जिन्होंने की अठारह सौ में इस नीति का प्रतिपादन किया था यद्यपि अगर हम इस अंतराल की बात करें 1919 से 1945 तक या उन्नीस तक की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने खुले द्वार की नीति का प्रमुख उद्देश्य जो है वो चीन में व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था क्योंकि जापान इंग्लैंड फ्रांस और इटली ने चीन से कई व्यापारिक लाभ प्राप्त किए थे और अमेरिका भी चाहता था कि चीन से उसे व्यापारिक लाभ प्राप्त हो सके इस उद्देश्य से उसने खुले द्वार की नीति का अनुसरण किया था Next है निष्पक्षता और की नीति इस नीति का अनुसरण सबसे पहले थॉमस जेफरसन ने अठारह में किया था और बाद में जो मुन्द्रो सिद्धांत था उसमें भी इस नीति का अनुसरण किया गया था लेकिन 1919 में जो पेरिस की संधि हुई उस पेरिस की संधि से अमेरिका को निराशा ही हाथ लगी और विश्व इतिहास में इस बात पर चर्चा होने लगी कि यहां एक प्रकार की अमेरिका की हार जो है वो विश्व शांति के रूप में देखी गई थी इसलिए 1920 से लेकर के उन्नीस सौ बत्तीस ईस्वी तक अमेरिका ने निष्पक्षता तथा अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी दूसरा एक प्रमुख कारण ये था चूंकि अमेरिका और विश्व के विभिन्न देशों के अंदर आर्थिक महामंदी के बादल छाए हुए थे और अमेरिका उस आंतरिक समस्याओं से निदान प्रदान करने के लिए आंतरिक उलझनों का समाधान ढूंढने के लिए जो है वो अपनी समस्याओं में ही मशगूल था इसलिए विश्व के प्रति अमेरिका ने निष्पक्षता और हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया था और ये उन्नीस से उन्नीस तक जो है वो चलती रही नेक्स्ट है मंचूरिया का संकट मंचूरिया का जो संकट है वो जापान द्वारा चीन पर आक्रमण करने के कारण जब वो प्रारंभ हुआ था और विशेष रूप से मुकदेन का जो क्षेत्र था चीन के अंदर वहाँ मंचूरिया नामक एक प्रांत था जिसकी कि आर्थिक रूप से जब वो बहुत महता थी 1931 में जापान ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के अनुसरूप मंचूरिया के प्रांत पर आक्रमण कर दिया और वहां पर कठपुतली सरकार जो है वो 1932 में गठित की थी अर्थात उसे विश्व में मंचूरिया संकट के रूप में देखा गया अर्थात यह जापान के साम्राज्यवाद की चरम सीमा कही गई यद्यपि अमेरिका और विश्व के विभिन्न देशों ने भी जापान के इस कदम की घोर निंदा की थी लेकिन जापान ने मंचूरिया को खाली नहीं किया था नेक्स्ट है ब्लादिमिर लेनिन व्लादिमिर लेनिन जो है रूस की क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं 1917 की जो रूस की क्रांति हुई थी उनका जीवन काल अठारह से 1924 तक रहा और क्रांतिकारी के अतिरिक्त एक प्रबुद्ध और प्रखर राजनेता तथा राजनीति के नए सिद्धांत जिसे लेनिन कहा जाता है उसे देने में महत्वपूर्ण भूमिका लेनिन की रही थी लेनिन जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रशिया जो 1917 से 1922 तक रहे और बाद में 1922 से 1924 तक जो है वो हेड ऑफ द सोवियत यूनियन के प्रमुख भी रहे थे लेनिन ने वन पार्टी सोवियत स्टेट का नारा दिया था और साम्यवाद विचारधारा के अंदर लेनिन जो है वो प्रमुखता से आगे बढ़ाया था नेक्स्ट है स्टालिन स्टालिन जो है वो लेनिन का उत्तराधिकारी था जोसेफ स्टालिन और 1922 से उन्नीस ईस्वी तक रूस की राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव स्टालिन ने डाला था स्टालिन एक ऐसा प्रमुख नेता रूस के अंदर रहा जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन तथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ सोवियत यूनियन का प्रमुख रहा था उसने पंचवर्षीय योजनाएं रूस में लागू की थी और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से रूस में अत्यधिक विकास को महत्व प्रदान किया था नेक्स्ट है हुबर योजना हुबर योजना के विषय में भी अगर हम बात करते हैं तो यह विश्व आर्थिक महामंदी को दूर करने के लिए प्रस्तुत की गई योजना थी जो कि तत्कालीन अमेरिका राष्ट्रपति हर्वर्ट हु ने प्रस्तुत की थी इसमें विशेष रूप से प्रावधान किया गया था कि किस प्रकार विश्व में आर्थिक महामंदी से छुटकारा पाया जा सके सबसे पहले जून उन्नीस को अमेरिका और इंटरअलाइड जो ऋण थे उनकी अदायगी के लिए एक वर्ष की रोक लगाई गई साथ में सुझाव दिया गया कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की स्थापना की जाए और जर्मनी में निवेश करने की योजनाएं बनाई जाएं हुवर ने उद्योगों श्रमिकों और पूंजीपतियों से बैठक करके नए प्रावधान स्थापित किए श्रमिकों से इस बात के लिए जो है वो दबाव डाला कि भविष्य में वो वेतन को बढ़ाने की मांगना करें और पूँजीपतियों पर इस बात के लिए दवाव डाला की वो श्रमिकों की छटनी ना करें और साथ में श्रमिकों के वेतन मान को ना घटाएं ताकि जो उपभोगवाद हैं या कंज्यूमरिज्म जिसको आप कह सकते हैं या वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि की जा सके और उनकी खपत की मांग को बढ़ाया जा सके नेक्स्ट है न्यू डील नीति उन्नीस में जो एफडी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने एक नया प्लान जब वो आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए प्रारंभ किया इसे न्यू डील नीति के नाम से पुकारा गया था इसमें तीन महत्वपूर्ण जो कदम हैं उसको उठाने पर बल दिया गया था वो कदम थे थ्री आर्स थ्री आर्स का मतलब है रिलीफ रिकवरी एंड रिफॉर्म्स रिलीफ का जो यहाँ आशय था वो इस नीति से था कि उन करोड़ों निर्धन लोगों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए जिनके पास कुछ भी जो वो पूंजी उपलब्ध नहीं है या जिनके पास किसी भी प्रकार के संसाधन नहीं है अर्थात उन लोगों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट था रिकवरी रिकवरी का उद्देश्य था बेकारी की समस्या को दूर करना और वस्तुओं की मांग को बढ़ाना तथा उपभोक्ता को बढ़ाना उद्योग पुनः जो चालू हो सके और जिससे कि उत्पादन बढ़ाया जा सके मांग को बढ़ाया जा सके और बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके इसे रिकवरी के तहत जो है वो उठाया गया था तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट था रिफॉर्म्स इसके अंतर्गत उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है वो अंकित करना है उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिन्हित करना था जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की आर्थिक संकट का सामना पुनः विश्व को ना करना पड़े ये जेवर रिफॉर्म्स के तहत महत्वपूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास किया गया था इसे न्यू डील नीति कहा गया नेक्स्ट है तुष्टिकरण का अर्थ तुष्टिकरण के शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ यह है कि किसी शक्तिशाली देश द्वारा अगर कमजोर देश के ऊपर आक्रमण किया जाए और उस समय विश्व में विद्यमान जो शक्तिशाली देश हैं वो चुपचाप देखता रहे तो उसे तुष्टीकरण की नीति कहा गया पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कहा गया विशेष करके अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस और रशिया से संबंधित जो तुष्टीकरण की नीति का यहाँ आश्रय लिया जाता है क्योंकि हिटलर के आगमन के पश्चात और इटली में फासिस्टवादी की स्थापना के पश्चात यह तय किया गया उन्होंने सबसे पहले जो 1931 में जापान ने अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत मंचूरिया पर आक्रमण किया उस समय भी अमेरिका इंग्लैंड ने तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण किया ठीक उसके पश्चात 1936 में इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया और जर्मनी ने इटली के इस कदम का खुला समर्थन किया 1938 में ऑस्ट्रेलिया पर जर्मनी ने आक्रमण किया और उस समय भी अमेरिका इंग्लैंड और रूस जैसे महाशक्तिशाली देशों ने किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं दिया अर्थात इस नीति को तुष्टीकरण की नीति कहा गया नेक्स्ट है बर्लिन रोम टोकियो धुरी फ्रांस अपनी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए पहले ही यूरोप में छोटा त्रिगुट स्थापित कर चुका था बाद में फ्रांस और इटली के मध्य में भी संधि हो चुकी थी अब जर्मनी को विशेष रूप से अपने सुरक्षा की चिंता होने लगी थी जब 1936 में इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया तो हिटलर ने खुले मंच से इस बात का समर्थन किया कि इटली ने इथोपिया पर आक्रमण करना उचित था अर्थात उसे उचित ठहराया इसके परिणामस्वरूप बर्लिन और रोम के मध्य अर्थात इटली और जर्मनी के मध्य संधि हुई और पहले बर्लिन रोम जो धूरी का जब वो गठन किया गया था 1936 में बाद में जापान के साथ बर्लिन ने संधि करके जर्मनी ने संधि करके उसे भी इस धुरी में सम्मिलित कर लिया और इसे बर्लिन रोम टोकियो धुरी के नाम से कहा गया जून उन्नीस में लंदन में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में पुनः व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फ्रांस कनाडा आदि शक्तियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया और सम्मेलन में जो घोषणा की गई उसे लंदन घोषणा के रूप में इतिहास में जाना जाता है इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक ऐसे विश्व की कल्पना की गई जिसमें युद्ध और आक्रमण का कोई स्थान ना हो विरोध का कोई स्थान ना हो और साथ में विश्व शांति की स्थापना के लिए एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि निकट भविष्य में युद्ध के कुप्रभाव से बचा जा सके लास्ट है अटलांटिक चार्टर परिणाम था वेस्टर्न चर्चिल और एफडी डी रूजवेल्ड की वार्ता का जिसे कि प्लेसेंटिया बे में आयोजित किया गया था न्यू में जहां पर यूएसए का नेवल वेस था बाद में उस चर्चा के पश्चात जो घोषणा की गई उसे अटलांटिक चार्टर के रूप में जाना गया 14 अगस्त उन्नीस को जो है वो इस चार्टर की घोषणा की गई और इसमें विशेष रूप से युद्ध के उपरांत जो व्यवस्था है उसको मद्देनजर रखते हुए घोषणा की गई थी स्वशासन प्रदान करने की बात की गई थी लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की बात की गई थी और साथ में सम्प्रभुता संपन्न राष्ट्र के अस्तित्व में आने पर बल देने की बात की गई थी साथ में ये भी कहा गया था कि विश्व में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाएं और समान आर्थिक विकास जो है उसको प्राथमिकता दी जाएँ इस प्रकार की घोषणा अटलांटिक चार्टर के अंदर की गई थी